दुनिया में सबसे सुनिरा मेरा बजरंगी बाला दुनिया में सबसे से निराला मेरा बजरंगी बाला मेरा बजरंगी बाला मेरा बजरंगी बाला मेरा बजरंगी बाला मेरा बजरंगी बाला दुनिया में सबसे निराला मेरा बजरंगी कठिन से कठिन काम को बजरंगी सहजमतीये कठिन से कठिन काम को बजरंगी सहजम पिए गलते सूरज को अपने मुँह में निकलने डाला चलते सूरज को अपने मुंह में निगल डाला दुनिया में तब से निराला मेरा बजरंगी बाला दुनिया में तब से निराला मेरा बजरंगी बाला मेरा बजरंगी बाला मेरा बजरंगी बाला मेरा बजरंगी बाला मेरा बजरंगी बाला दुनिया में सबसे निराला मेरा बजरंगी बाला दुनिया में सबसे निराला मेरा बजरंगी बाला। हाथों से पर्वत उठाए लखन के प्राण बचाए हाथों से पर्वत उठाए लखन के प्राण बचाए सोना की लंका को आग में जला डाला सोने की लंका को आगे से जला डाला दुनिया में कबित निराला मेरा बजरंगी वाला दुनिया में सबसे से निराला मेरा बजरंगी वाला मेरा बजरंगी बाला मेरा बजरंगी वाला मेरा बजरंगी बाला मेरा बजरंगी वाला दुनिया में सबसे निराला मेरा बजरंगी वाला दुनिया में सब तेरा मेरा सबरंगी वाला हमारे भक्तों के संकट मोचन हमारे भक्तों के कर चनिवार तो भारी पर सोच उबारा दुनिया में सपसन डाला मेरा बजरंगी वाला मेरा बजरंगी बाला मेरा बजरंगी वाला मेरा बजरंगी बाला मेरा बजरंगी बाला दुनिया में सपन डाला मेरा बजरंगी बाला दुनिया में सब सिन मेरा बजरंगी बाला मेरा बजरंगी बाला मेरा बजरंगी बाला मेरा बजरंगी बाला मेरा बजरंगी बाला दुनिया में सब दिन डाला मेरा बजरंगी बाला दुनिया में सब दिन मेरा बजर हंगी डाला